नहीं ले जाओ सलाम में सलाम दे का पीछे पीछे की बनाना बगल से ले चलो अब जगह तो है का को है को बात चल अंदर जगह ले वो वाह 8 लीटर वाह गजब दो देखो रुकना नहीं ना तुम्हें रुकना नहीं ना नहीं दूर को चलाओ किनारे का आगे इतिया बाल भगा लेगा भौचड़ा आके इतकी ही चलो चलो संगे संगे बाय ऐसी ऐसी गई गई गई। चल, बस बस बस डाउन है जो जो स्टॉप स्टॉप होएगा, जान ही बढ़िया, बढ़िया, दो बार होएगा ही, बारह बीस में ले पकड़ो मोबाइल है करवन आ जाओ सलीके से यार भाई आगे मोड़ को मोड़ विजय जल्दी संगेन है संगेन संगेन बढ़िया मनीष बढ़िया तो दौड़ रहे तुम कर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया का। है ना? इधर तीन चार नहीं चार हो गए पूरे खींच खींच सही है आए खींच खिंच चारतीस घिंचो जल्दी है यार बस गाल बस